गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट द इलाहाबाद मैं और तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करता हूं तो दोस्तों आज शिक्षक दिवस पे मैं अपने गुरुजनों को याद करते हुए उनको अपनी तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में पाया कि आप लोग क्लासेस तो कर रहे हैं बट अपने अपने टाइम पे कर रहे हैं लाइव क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं जो भी रीजन हो इस वजह से हमने शाम को यानी रात को दस बजे भी कर दिया अभी भी आपके लाइव क्लासेस में अटेंडेंस कम है तो अगर आपको कोई और टाइमिंग सूटेबल है तो वो भी बता दीजिए हम उसमें भी कोशिश करेंगे करने की और एक और गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए मैं देखता हूं कि जो मैंने एनालिटिक्स में पाया कि आप लोग वीडियो में ज्वाइन करते हैं कुछ देर देखते हैं फिर चले जाते हैं तो ऐसे करने से आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो अन्य है उसमें यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक को इनडेप पढ़ें और इसीलिए मैंने कोशिश यह की है कि हमारे जितने भी वीडियोस हो वो शॉर्ट रहें छोटे से छोटे रहें हम अधिकतम आधे घंटे का बनाते हैं जिससे कि आप लोगों का काफी समय वेस्ट ना हो क्योंकि आप लोग और भी पढ़ाई करते होंगे बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते होंगे तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आपका कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा या पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को पूरा आपको अवगत करा दू तो इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमेशा वीडियो को पूरा देखें तो दोस्तों लेटस स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक टेप्स ऑप्टिकल डिस्क फ्लैश मेमोरी, इन सब के बारे में देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक टेप्स की मैग्नेटिक टेप जो है ये एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यानी कि जैसे आपका मैग्नेटिक डिस्क है जहां पे हम एक डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक चार्ज के रूप में डेटा स्टोर करते थे ठीक उसी प्रकार से हमारे पास मैग्नेटिक टेप होता है मैग्नेटिक टेप में हमारे पास एक प्लास्टिक की फिल्म होती है रील होती है जो कि एक स्पूल पर लपेटी गई होती है इस रील की अलग अलग साइज होती है चार एम से लेकर के एक इंच तक की साइज इसकी होती है तो अलग अलग साइज में अलग अलग कैपेसिटी की हमारे पास मैग्नेटिक टेप होते हैं मैन्यूरी टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है और सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होने से क्या मतलब है देखिए जो भी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस होते हैं उसकी खास बात यह होती है कि उसमें डेटा एक सीक्वेंस में एक सीरियल में लिखे रहते हैं ठीक है कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं यह मेरा मैन्यूरी टेप है मान लेते हैं यह मेरा मैग्नेटिक मैं इसी पर लिख देता हूं यह मेरा मैग्नेटिक टेप है कुछ प्रॉब्लम हो रही है चलिए मैं बिना लिखे ही समझाने की कोशिश करता हूं मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक टेप है जिस पे सिक्वेंशियल एक्सेस से मतलब क्या है पहले इसको समझें जिस पे हमारे कुछ रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो हमारे पास जो पहला रिकॉर्ड मिलेगा, हम पहले स्टोर करेंगे उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा उसके बाद चौथा इस तरह से हम एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड स्टोर करते हुए चलेंगे इसी तरह से जब हमें रीड करना होगा तो हम अगर 50वां रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं इसके लिए मुझे शुरू के उनचास रिकॉर्ड 49 रिकॉर्ड्स को भी पढ़ने पड़ेंगे यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस में आप किसी भी रिकॉर्ड पर डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पढ़ने में काफी समय लगने वाला और इसी हिसाब से यह हमारा एक बहुत ही स्लो स्टोरेज डिवाइस होता है दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें रैंडम एक्सेस डिवाइस है जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क होता था तो वहां पे हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली रीड कर सकते थे अगर हमें हजारवां रिकॉर्ड चाहिए तो हम डायरेक्टली हजारवें रिकॉर्ड पर जाएंगे और उसको रीड कर लेंगे उसके लिए हमें शुरू के नौ रिकॉर्ड पड़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ती है तो ये दोनों में डिफरेंस है तो हमारा मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल स्टोरेज और सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होने की वजह से ये बहुत ही स्लो स्टोरेज डिवाइस है बट इसकी खास बात और इसकी अच्छी बात क्या है इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही इन एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता होता है और जो चीज सस्ता होता है वो हम ढेर सारा खरीद सकते हैं यानी कि हम ढेर सारे मैग्नेटिक टेप को खरीद सकते हैं उसमें ढेर सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं यानी कि हमारा डाटा स्टोरेज का कॉस्ट बहुत कम होने वाला है आम तौर पे हम अपने मैग्नेटिक टेप को एक स्टोरेज यानी कि बैकअप डिवाइस की तरह से यूज करते हैं देखिए हमारे पास कंप्यूटर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है यह कभी भी खराब हो सकता है अगर खराब हुआ तो उसके अंदर का डेटा हो सकता है डेटा भी क्रैश कर जाए डेटा भी खराब हो जाए तो हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा का लगातार बैकअप रखते रहते हैं जहां पे डेटा बहुत सेंसिटिव है जैसे बैंक का डेटा हो हुँ? जैसे यूनिवर्सिटी का डेटा हो जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो है? जैसे डिफेंस का डेटा हो जो बहुत ही सेंसिटिव डेटा है उसका बैकअप हम लोग हमेशा आवरली बेसिस पे रखते हैं आवरली क्या बैकअप हम हमेशा हॉट सर्वर पे रखते हैं तो ढेर सारा जहां बैकअप रखना हो वहां पर हम लोग मैग्नेटिक टेप को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसको हम एक बार बैकअप ले करके हम अपने सॉफ्टवेयर प्रिमाइसिस से कहीं दूर रख सकते हैं मान लिए सॉफ्टवेयर प्रिमाइसिस में कोई दुर्घटना हो जाती है तो दूसरी जगह वो सुरक्षित पड़ा रहेगा ओके okay? तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम मैग्नेटिक टेप में जो रील होता है कुछ ऐसा दिखता है जैसा ये हमारा दिख रहा है यह हमारा एक मैग्नेटिक टेप का रील है इसमें हम डेटा जो मैग्नेटिक रिबन होता है प्लास्टिक का उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है और केवल एक तरफ पे डेटा स्टोर किया जाता है जैसे डिस्क पे डेटा स्टोर नहीं होता है इट कंटेन्स थे बहुत ही प्ला, पतली प्लास्टिक की रिबन होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है और डेटा को इन्हीं टेप पे मैग्नेटिक चार्ज के रूप में स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक टेप इज हाइली रिलायबल यह बहुत ही रिलायबल है जल्दी खराब नहीं होते हैं अगर आपने इसको नमी से और फंगस से सुरक्षित कर लिया तो यह लंबे समय तक कई वर्षों तक यह हमारा साथ निभाते हैं इसकी विर्थ जो रील की चौड़ाई है चौड़ाई चार एम से लेकर के एक इंच तक और इसकी कैपेसिटी 100 एम से लेकर के 200 सौ तक अब तो वर्चुअली अनलिमिटेड साइज की हम मैग्नेटिक टेप्स यूज कर सकते हैं ओके तो यह हमारा मैग्नेटिक टेप के बारे में हुआ अगर आप फिगर देखें तो यह हमारा मैग्नेटिक टेप का ड्राइव है ओके और ये हमारा मैग्नेटिक टेप का कैसेट है ओके okay? तो ये बहुत रिलायबल होते हैं और कैपेसिटी इसकी वर्चुअली अनलिमिटेड है आप मैग्नेटिक टेप लगाते जाओ स्टोर करते जाओ क्योंकि सस्ता भी होता है तो इसको डेटा को स्टोर करना हमारे लिए आसान और कम खर्चे का होता है आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ हमारा जो अगला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज ऑप्टिक्स जब शब्द यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है लाइट अर्थात ऑप्टिकल स्टोरेज में हम लाइट के माध्यम से अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और लाइट के माध्यम से ही डेटा को रीड किया जाएगा ओके okay? तो हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आमतौर पे एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का डिस्क होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का एक डिस्क होता है और इस डिस्क का एक सिरा ओपेक यानी अपारदर्शी होता है और दूसरा सिरा बहुत ही चमकदार होता है आपने सीडी देखा होगा सीडी ही हमारा ऑप्टिकल डिस्क है तीन तरह के ऑप्टिकल डिस्क हम लोग जानते हैं एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क दूसरा डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और तीसरा आपका ब्लू रे डिस्क तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं तो ये जो पॉलीकार्बोनेट का गोलाकार डिस्क होता है प्लास्टिक का इसका एक तरफ अपारदर्शी होता है दूसरा तरफ बहुत ही चमकदार होता है एक्चुअली चमकदार सिरे को चमकदार बनाने के लिए एक बहुत ही पतला एल्युमिनियम फॉयल इसके ऊपर चिपकाया जाता है ओके okay? और इस एल्युमिनियम फॉयल की वजह से यह हाईली रिफ्लेक्टिव होता है और हमारा जो डेटा होता है बाइनरी फॉर्म में जीरो या, या वन के फॉर्म में इसी एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर स्पाइरल ट्रैक में इंप्रिंट किया जाता है राइट ध्यान रखिए आप अगर इस फिगर पे देखेंगे आपका ये कॉम्पैक्ट डिस्क है ये आपका डीवीडी डिस्क है यह कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी डिस्क और ब्लू रे डिस्क तीन तरह के डिस्क हैं अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा को रीड करने के लिए हम लोग इसमें लेजर बीम का प्रयोग करते हैं ले जब हम राइट करते हैं तो जहां हमें जीरो लिखना होता है वहां पर लेजर बीम से एक हल्का सा गड्ढा बना दिया जाता है जिसे हम लोग पिट कहते हैं क्या कहते हैं पिट पी आई टी और जहां पर वन रखना होता है वहां पर हम लोग लेजर बीम नहीं डालते हैं यानी कि वहां पर समतल बना रहता है इसको हम लोग लैंड या प्लेन कहते हैं तो लेजर बीम के माध्यम से हम इस पर जीरो और वन गड्ढा या समतल एक स्पाइरल ट्रैक में स्टोर कर देते हैं जो पिट होता है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है गड्ढा जीरो को रिप्रेजेंट करता है और जो प्लेन होता है वो एक वन को रिप्रेजेंट करता है आप इस फिगर में देख रहे होंगे यह हमारा कुछ ऐसा है क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉम्पैटेस्ट ये गड्ढा है गड्ढा हमारा बता रहा है कि यहां पर जीरो है ये वन है ये जीरो है ये वन वन वन जीरो इस तरह से एल्यूमिनियम फाइल पे हल्का सा गड्ढा या समतल रख करके हम डेटा को जीरो और वन के रूप में स्टोर करते हैं अब जब पढ़ने की प्रक्रिया होती है तो हम अपने सीडी को या डीवीडी को या ब्लू डिस्क को अपने डीवीडी रीडर में या सीडी रीडर में या ब्लू रेड रीडर में डालते हैं जब आपने डीवीडी डाला या सीडी डाला तो सीडी को हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है ड्राइव के अंदर ठीक है हमारा सीडी अंदर बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट करता है और नीचे से आप यहां पे फिगर में देखेंगे नीचे से एक लेजर बीम ध्यान रखिए लेजर बीम बहुत ही हाई इंटेंसिटी का यूज करेंगे तो आंखों को नुकसान करता है वो एक लोहे के चद्दर के आर पार जा सकता है तो इसमें जो हमारा लेजर बीम यूज किया जाता है यह बहुत ही लो इंटेंसिटी का लेजर बीम प्रयोग किया जाता है तो लेजर बीम जब हमारे सीडी के ऊपर टकराता है तो अगर वो प्लेन पे टकराया तो वो टकरा के वापस नीचे जाएगा जब वापस नीचे जाएगा तो लेंस के थ्रू वो आगे जाएगा और मिरर से रिफ्लेक्ट हो करके वो आगे की तरफ एक सेंसर होगा सेंसर पे लाइट पड़ेगा जब सेंसर पे लेजर बीम पड़ेगा तो उसको मान लेगा वन अगर लेजर बीम किसी गड्ढे में पड़ा पिट में पड़ा और पिट में पड़ा तो नियम के अनुसार क्या होगा वो वापस जाएगा नहीं बल्कि वो छितरा जाएगा इधर उधर फैल जाएगा तो चूंकि वो वापस हमारा लेंस के थ्रू सेंसर पे नहीं पहुंच पाया तो सेंसर उसको मान लेगा जीरो इस तरह से डेटा को वन और जीरो के बाद के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा ये जो सीडी डिस्क होता है कंपैक्ट डिस्क इसकी कैपेसिटी होती है 670 एमबी मेगाबाइट पर्याप्त होता है डीवीडी जिसपे अक्सर हम लोग मूवीज देखते हैं वीडियो स्टोर करते हैं इसकी कैपेसिटी होती है 4.7 पॉइंट लगभग 5 जी के आसपास। और जो ब्लू रे डिस्क होता है इस पर हम लोग आमतौर पे 25 जी अगर डुअल डेंसिटी है तो उस पर 50 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं ध्यान रहे कि फिजिकली अगर देखा जाए तो साइज तीनों की बराबर है बट सीडी पे केवल छह सौ एमबी डीबीडी पे हमारा कितना 4.7 जीबी और हमारे ब्लू रे डिस्क पर करीब 25 से लेकर के 50 जीबी तक डेटा स्टोर किया जा सकता ऐसा कैसे कि साइज एक हो और कैपेसिटी अलग अलग हो यह डिपेंड करता है उसके अंदर यूज की जाने वाली रीडिंग टेक्नोलॉजी से यानी कि लेजर टेक्नोलॉजी से ध्यान रहे हमारा जो डीवीडी की बात करते हैं तो डीवीडी में डेटा को रीड करने के लिए हम लोग रेड एलईडी लाइट का सॉरी रेड लेजर बीम का यूज करते हैं आपको पता होगा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा हमारे जो रेड लेजर बीम होते हैं उनका वेवलेंथ कितना होता है इट इज अराउंड 650 नैनोमीटर्स जबकि ब्लू रे में जब हम रीड करने के लिए लेजर बीम यूज करते हैं वो ब्लू कलर का होता है और उसका वेवलेंथ होता है साढ़े चार नैनोमीटर तो ये बहुत कम दायरे में फैल करके क्या करता है बहुत ही प्रिसाइज डेटा को रीड कर सकता है इसीलिए जो हमारे क्वालिटी ऑफ आउटपुट वीडियो की क्वालिटी जो होती है वो ब्लू रे में डीवीडी से बेहतर होती है राइट ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हुआ ऑप्टिकल डिस्क में डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है यह बहुत स्लो होता है और सीडी पे आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और जब स्क्रैच पड़ जाते हैं तो कुछ समय बाद उसको यूज नहीं किया जा सकता वो खराब हो जाता है इसीलिए जो डीवीडी होते हैं और ब्लूरे डिस्क होते हैं उस पर एक अलग से एंटी स्क्रैच कोटिंग आजकल की जाती है जिससे उस पर आसानी से स्क्रैच ना पड़े फिर भी उसपे कभी ना कभी स्क्रैच पड़ता ही है इसलिए बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है साथ ही साथ इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत स्लो है इसलिए धीरे धीरे यह भी ऑप्सोल्यूट होता जा रहा है अब आप देखते होंगे कि जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उस पे सीडी डीवीडी जो राइटर होता है वो गायब कर दिया है अब हम लोग मूव कर गए हैं आपके दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जी हां हम लोग कहते हैं फ्लैश मेमोरी की तरफ डेटा ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो हम लोग उसके लिए फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं तो चलिए अगले हमारे स्टोरेज डिवाइस की तरफ चलते हैं विच इज नोन एज फ्लैश मेमोरी यह भी हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंट इन नेचर है जो नॉन वोलाटाइल है इसको हम लोग आमतौर पर थंब ड्राइव या पेन ड्राइव के रूप में भी जानते हैं यह एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है यानी कि इसको चलते चलते कंप्यूटर में हम लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं और इसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पे ले जाकर के कॉपी कर सकते हैं हमारे ये जो थम ड्राइव्स होते हैं अलग अलग साइज में अलग अलग शेप में और अलग अलग कैपेसिटी में पाए जाते हैं और ये प्लग एंड प्ले होता है मतलब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है आपने जैसे लगाया कुछ सेकेंड लेता है उसको इंस्टॉल करने में आपने आप ही इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद उसको यूज किया जा सकता है ये जो आप अपने स्क्रीन पे फिगर देख रहे हैं ये अलग अलग तरह के फ्लैश मेमोरी है ना ये हमारा पेन ड्राइव ये हमारा मेमरी कार्ड जो हम लोग अपने कैमराज में जो हम अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं ये अलग अलग प्रकार के हमारे फ्लैश मेमोरीज हैं अगर देखा जाए तो फ्लैश मेमोरी एक तरह का ई पी ही है आपने ई पी के बारे में पढ़ा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम डेटा को मिटा भी सकते हैं और दोबारा से डेटा को स्टोर कर सकते हैं बट ये उस वाले ईपी रॉम से थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक साथ कुछ डेटा ब्लॉक्स चंक ऑफ डेटा एक साथ केजी से लिख सकते हैं और राइट रीड कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल ये परमानेंट होता है इसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया तो वो लाइट जाने के बावजूद लाइट जाने के बाद भी उसमें सुरक्षित पड़ा रहेगा हमारा कहने के लिए हम कह हैं कि एक तरह का रॉम ही है बट ये रॉम से काफी अलग होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पेन ड्राइव के अंदर या हमारे जो मेमोरी कार्ड के अंदर हमारे पास कुछ चिप्स इसके अंदर लगे होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं और हर एक चिप के अंदर देयर इज एरे ऑफ एरे ऑफ फ्लैश मेमोरी सेल्स हर एक चिप के अंदर हमारे पास मेमोरी सेल का एरे है और जब करंट इस ट्रांजिस्टर के थ्रू फोर्स से आउटपुट की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है जो इस फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है अगर आपको जीरो स्टोर करना है तो उसको ऑफ कर देगा अगर वन स्टोर करना है तो ऑन कर देगा तो वन और जीरो इस तरह से कंट्रोल करके हम अपने मेमोरी सेल के अंदर डेटा को जीरो या वन के रूप में बाइनरी कोड के रूप में स्टोर करते हैं क्लियर तो फ्लैश मेमोरी जब बनाते हैं तो बनाने के लिए भी दो टेक्नोलॉजी यूज होती है एक नॉर गेट के थ्रू बनता है और दूसरा नैंड गेट के थ्रू बनता है नॉर गेट के थ्रू जो मेमोरी बनाई जाती है फ्लैश मेमोरी बनाई जाती है उसमें कोई शेयर्ड कंपोनेंट्स नहीं होता है और इसलिए थोड़ा सा फास्ट काम करता है रैंडमली बेसिस पे कहीं भी डेटा एक्सेस करके फास्ट इसमें डेटा स्टोर और फास्ट डेटा रीड किया जा सकता है बट जो नॉर्थ गेट की टेक्नोलॉजी है जो कंपोनेंट है वो उसको बनाने का खर्च महंगा होता है इसलिए नॉर्थ गेट वाले जो पेन ड्राइव्स होते हैं मेमोरी कार्ड्स होते हैं फ्लैश मेमरीज होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है तो उसका एक दूसरा विकल्प है नैंड गेट का तो नैंड गेट के जो फ्लैश मेमरीज होते हैं वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं क्योंकि नैंड गेट जो कंपोनेंट है इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है इसमें नॉर्थ गेट की तुलना में कम लाइंस होते हैं और ये डेटा को शेयर करके स्टोर करते हैं इसलिए ये उससे सस्ते होते हैं तो ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा या इसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे जय हिंद जय भारत